आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में और पहले हम बात करेंगे टुबैको मोजैक वायरस के बारे में और उसके बाद बात करेंगे बैक्टेरियोफाज और साइनोफाज माइकोफाज ऐसे करके बात करते चले जाएंगे और पहले पहले स्टार्ट करेंगे टुबैको मोजैक वायरस और टुबैको मोजेक वायरस के बारे में बात करें और जब भी हम किसी भी वायरस के बारे में बात करेंगे तो जनरली ज़्यादातर हम बात करेंगे टोबैकोमोजेक और बैक्टेरियो फाज के बारे में लेकिन हम जो भी बात करेंगे ज़्यादातर हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही क्यों फिगर यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे और इसी फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उस उसकी जो बॉडी होती है क्या क्या चीज़ से बनी हुई होती है उसके न्यूक्टाइड कितने होते हैं उसके ए, न्यूक्लियोटाइड उसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कैसे कैसे किस चीज़ का बना हुआ होता है जेनेटिक में आरएनए का बना हुआ होता है या डीएनए का बना हुआ होता है तो आप एक एक करके हम पढ़ेंगे आज ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं टुबैको मोजैको वायरस ये रफ डायग्राम है टुबैको मोजैक वायरस का ठीक है और प्रोटीन कवरिंग ऑफ तो टी ठीक है कॉल कैप्सीड कैपसीट इस प्रोटीन कवरिंग को क्या बोलते हैं कैप्सीट बोलते हैं ठीक है थीके? और ये कैप्सोमेयर है देखो ये जो एक एक यूनिट आप देख रहे हो जैसे मैंने एक एक यूनिट ऐसे करके बनाया है जैसे इसको अगर थोड़ा हम इरेज करें इरेज कर कर ऐसे बनाते हैं तो ये एक एक, एक यूनिट हो गया और प्रोटीन ये सारे प्रोटीन हैं सारे प्रोटीन हैं ये बीच में जो आप जो देख रहे हो ये जेनेटिक मटेरियल है जो आरएनए का बना हुआ रहता है ठीक है ये जो एक एक यूनिट आप देख रहे हो ये क्या है कैप्सोमेयर बोलते हैं ठीक है थीके? और हर एक कैप्सोमेयर जब एक एक यूनिट जैसे आप कोई बिल्डिंग करते बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाते वक्त क्या करते हो एक एक यूनिट की आप जोड़ते हो और जोड़ कर क्या करते हो एक बिल्डिंग जस्ट एक कवरिंग प्रोवाइड करते हो जो भी हाउस का या किसी भी चीज़ का ठीक है तो उसी तरह आप इस प्रोटीन की कवरिंग की यदि बात करें तो ये एक, -एक यूनिट है ये प्रोटीन का एक एक यूनिट है और ये एक, -एक यूनिट मिलकर एक वायरस की कवरिंग बनाता है जैसे इस लेयर की इस हम एक्चुअली वायरस ऐसे सिलिंड्रिकल होगा तो जैसे ऐसे समझ लो ये सिलिंड्रिकल होगा तो ऐसे वायरस को हम कट कर दे रहे हैं कट कर कर ऐसे आपको दिखा रहे हैं जस्ट समझना हाफ वाला पोर्शन तो जब कट करेंगे तो बीच वाला जेनेटिक मटेरियल भी, भी दिखाई देगा जैसे कि आप हम समझ लो कि ये होलो कौर है तो होलो कोर के अंदर क्या होगा जेनेटिक मटेरियल होंगे तो जस्ट ये होलो कौर कौन सा है ये है ये ठीक है और ये जो कवरिंग जो दिख रहा है समझ लो कि ये व्हाइट वाला ये प्रोटीन की कवरिंग है यही समझ लो कि ये ट्यूबैकोमोस एक वायरस है ठीक है जस्ट इसी से रॉड सेप होते हैं इलोंगेटेड होते हैं ठीक है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आरएनए के बने हुए रहते हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं आर के बने हुए रहते हैं ठीक है इसके जेनेटिक मटीरियल और ये जो है एक कैप्सोमेयर है और कैप्सोमेयर की पूछता है एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि बताइए टोटल नंबर ऑफ़ कैप्सोमेयर कितने होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ कैप्सोमेयर पूछे तो 2130 होते हैं ठीक है ये टोटल नंबर ऑफ़ जो कैप्सोमेयर की जो संख्या होती है कितनी होती है ये कैप्सोमेयर की संख्या कितनी होती है सुबह को मोजे अखबार में टू थाउजेंड होती है ठीक है ऑल कब से मेयर यूनाइट फॉर्म कवरिंग ऑफ टुबैको मोजेक वायरस जो कैप्सिट बोलते हैं ये जो कैब कवरिंग को क्या बोलते हैं कैप्सीट बोलते हैं ये जेनेटिक मटीरियल होता है ठीक है एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका सेप क्या होता है पहला पूछता है कि इसका इस सेप ऑफ टी एम बी टुबैमोज वायरस तो आप क्या बोलोगे हेलिकल सेप होता है ठीक है हेलिकल सेप होता है हेलिकल सेप मतलब जस्ट इलोंगेटेड होता है ऐसे राउंड से ठीक है और पूछता है आपको कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैप्सो तो हो गया कैप्सो कितना होता है कैप्सो मेयर ट इज टू थाउजेंड होता है ये जो डायमीटर होती है स्कोर की 18 नैनोमीटर होता है ठीक है इस टुबैको वायरस का जो डायमीटर होता है ये पूरे जो इलोंगेशन जैसे ये कवरिंग हो गया तो इसके जो कोर होते हैं इसके जो डायमीटर होता है ये डायमीटर जैसे इसको अगर हम कट करें तो एक सर्कल दिखेगा सर्कल के दो इंड को यदि हम जॉइंट करते हैं जस्ट अपोजिट इंड मतलब साइड को तो अपोजिट साइड वाले मतलब रिंग को तो क्या होता है उसको डायमीटर बोलते हैं और ये इस टुबैकोमोजे वायरस का जो डायमीटर होता है एट्टी नाइनोमीटर का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटल नंबर ऑफ कैप्सो मेयर पर्टन ठीक है ऑफ आरएनए आरएनए के जो पर टर्न हैं ठीक है थीके? जैसे ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आरएनए होता है ट्यूबैको मोजा एक वायरस में कितने टर्न होते हैं पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होता है जब हेलिकल हेलिकल सेप में तो अगर ये भी ये भी सेप क्या होता है अगर पूछे तो रोड सेप होता है टू तो वैकोमोजैक्स बाहर अगर या फिर हेलिकल सेप या फिर इसको आप रोड सेप भी लिख लो रोड सेप ठीक है सेप ठीक है अगर आपसे पूछे कि इसके जेनेटिक मटेरियल के सेप कैसे होते हैं तो हेलिकल सेप हो गए सेप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आप देख लो जैसे एक स्प्रिंग नुमा होता है स्प्रिंग जैसे आप स्पायरल सेप होता है ठीक है तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल आपको देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं हेलिकल दिख रहे हैं और पूछता है कि कितने टर्न घूमे हुए रहते हैं तो आप देख लो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्न जब आप काउंट करोगे तो नाइनटीन टर्न होते हैं कितने टर्न होते हैं कितने होते हैं 19 टर्न 19 टर्न ये जो जेनेटिक मटेरियल आर जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आर होता है लिख लो सिंगल स्टैंड स्टैंडर्ड आर एन होता है और इसके कितने टर्न होते हैं 19 टर्न तो वहीं पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ कैप्सूमेयर पर टर्न ऑफ आर जैसे इसकी बॉडी है और टुबैकोमोज एक वायरस की और इसकी बॉडी के अलाउ ही ये पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या है टर्न किया हुआ है मतलब सेंट्रल कोर में क्या कर रहा है इक्वल ये थोड़ा फिगर आप देखोगे थोड़ा अनईक्वल है लेकिन आपसे मेट्रिकल समझना है ये इसका जो टर्न है जस्ट इक्वी पे है एक टर्न के बाद दूसरा डिस्टेंस एक टर्न के बाद दूसरा जो टर्न है या फिर तीसरा टर्न है सब एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं ठीक है तो पूछता है कि बताइए कि आ, जैसे एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि ये जो आर ने जो पर टर्न घूम रहा है पूछे तो आप क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ़ कैप्सो मेयर कितना होता है टोटल नंबर ऑफ़ कैप्सो आप देखोगे 130 होता है और पर टर्न की बात पूछे तो 19 से डिवाइड कर दोगे कैश क्यों करोगे 19 से डिवाइड कि टोटल नंबर ऑफ 19 टर्न है टर्न कितने हैं 19 है अब एक टर्न जब मान लो कि यहाँ से यहाँ से यदि हम ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये एक टर्न ले रहा है तो बताओ जब यहाँ से और यहाँ से ये एक टर्न है मानते हैं तो इसके बीच में कुछ कैप्सों आएंगे ये प्रोटीन की कवरिंग को कैप्चर करेगा समझ लेना ये कैप्चर किया ये प्रोटीन की कवरिंग ये वाला पोर्शन कैप्चर किया तो इस इ, इस साइड का भी प्रोटीन का कवरिंग और इस साइड का भी प्रोटीन का कवरिंग जो प्रोटीन की कवरिंग और प्रोटीन की कवरिंग किससे किस से बनी हुई है तो ऑल द प्रोटीन कवरिंग कवरिंग ऑफ कैप्सी द कवरिंग ऑफ टोबैको मज वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर ठीक है हर एक कैप्सोमेयर से बना हुआ है आप समझो अगर पूछ रहा है कि एक टर्न में इतना प्रोटीन का कवरिंग काउंट कर ए, मतलब कैप्चर कैप्चर कर रहा है मतलब एक टर्न में जेनेटिक मटेरियल का तो इतने में कितने कैप्सोमेयर होंगे ये हमको निकालना है पर टर्न कितने होंगे कैप्सोमेयर के टर्न में तो आप सिंपली क्या कर दोगे ट्वेंटी से क्या कर दोगे नाइनटीन से डिवाइड कर दोगे ठीक है या फिर ऐसे भी कर सकते हो 19 टर्न में कितने होते हैं वन थाउजेंड ठीक है कैप्सो मेयर तो वन में कितने होंगे वन 19 टर्न लिख लो यहाँ पे, ठीक है तो वन टर्न में कितने होंगे पर टर्न तो टू हंड्रेड टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी कैप्सोमेयर ठीक है डिवाइड कर दो किसे 19 से इतना से कर दोगे ठीक है इतना से आप कर दोगे तो ये पर टर्न के हिसाब से कैप्सोमेयर की संख्या आ जाएगी ठीक है अब बताओ ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बना हुआ होगा तो आप समझो कोई भी जेनेटिक मटेरियल यदि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ए से बना हुआ है तो आर भी किसी चीज़ से बना हुआ होगा That is uh, nucleotides. से अगर हम पूछे तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइट से बना हुआ होता है और पूछता है कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ़ uh, न्यूक्लियोटाइट कितने होते हैं इसमें आर एन ए में ठीक है यदि आपको टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियो टाइट की संख्या पूछे यदि इस आर एन ए का तो अब सिंपली बताना याद करने वाला चीज़ है डायरेक्टली मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स सेवेंटी थ्री हंड्रेड ठीक है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना हुआ रहता है फॉस्फोरिक एसिड शुगर और नाइट्रोजन बेस प्यूर हो सकते हैं या पैरामेडीन्स हो सकते हैं प्योरिन में कौन आएंगे एडिनिन गुआनिन और पैरामेडीस में क्या साइटोसिन साइटोसिन थायमिन और यूरासिल आते हैं ठीक है तो आप उसके हिसाब से देख लेना ठीक है लेकिन पूछता है एक क्वेश्चन और पूछता है कि लेंथ ऑफ टुबैको वायरस की लेंथ कितनी होती है तो आप बताना 300 नैनोमीटर ठीक है ये रिपोर्टेड डाटा है 300 नैनोमीटर होती है इसकी लेंथ मतलब पूरी लंबाई होती है और पूछता है कि लेंथ ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द वाट इज देंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर एन एन टी एम बी वायरस टी एम बी वायरस अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि क्या होना चाहिए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आरणी इन टूबैको मोजेक वायरस ऑप्शन है कि 300 से ज़्यादा होना चाहिए ये लेंथ ये जो लेंथ है इसकी टुबैको मोजेक वायरस की लेंथ है मतलब उसकी जो मैक्सिमम जो साइज़ है एलोंगेट कितना इलोंगेट होता है टुबैको मोजेक वायरस की जो बॉडी की जो आ, आ, आ, आ, लेंथ है कितनी होती है थ्री हंड्रेड तो आपसे ये पूछता है कि बताइए कि टुबैको मोजेक वायरस की जो आरने होता है उसका लेंथ क्या होगा मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहला मोर देन 300 नैनोमीटर नाइनोमीटर सेकेंड ऑप्शन लेस देन सॉरी मोर देन 300 नैनोमीटर लेस देन 300 हंड्रेड नैनोमीटर या फिर इक्वल टू द इक्वल टू देंथ ऑफ बॉडी ऑफ इक्वल टू द लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ टी ठीक है सॉरी यार, ठीक है टू बैको मोज एक्रस जिस तीन ऑप्शन और लास्ट में दे दिया नन तो आप यदि पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ये क्वेश्चन की तरफ पूछे तो क्या लेंथ होता है तो आप क्या बताओगे मोर देन 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है या फिर उससे कम होता है या फिर उसके लेंथ के उसके बॉडी के इक्वल लेंथ मतलब जो बॉडी की जो लेंथ है उसकी लेंथ के बराबर में होता है तो आप समझो सिंपल में कि बॉडी की जो लेंथ है 300 हंड्रेड और ये पूरे बॉडी एलोंग द बॉडी इसके जेनेटिक मटेरियल क्या हैं स्केटर्ड हैं थ्रू द सेंट्रल कोव ठीक है तो आप बताओ वो भी इस्पायरल सेप में है ठीक है क्या है इस्पायरल सेप में है तो जब भी होगा इसके बॉडी से तो ज़्यादा ही होगा अगर कहें लेस दें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ये लेस दें ठीक है और इक्वल टू द बॉडी कैसे हो जाएगा भाई अगर इक्वल होता तो चलो भाई मान लेते अगर जेनेटिक मटीरियल ऐसे उसके सेंटर कोल में सीधा सीधा ऐसे इलोंगेट होता तो चलो मान लेते लेकिन इसके जेनेटिक मटीरियल क्या होते हैं इसके जो टूबेकोमोजिक वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो स्पायरल सेप होते हैं और इसकी जो एरिया जो लेंथ होता है ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है ठीक है तो इसलिए ऑप्शन क्या होंगे ये ये नहीं होगा ये गलत है ये भी गलत है ठीक है तो आंसर क्या होगा मोर देन 300 हंड्रेड नैनोमीटर ठीक है नेक्स्ट आते हैं और न्यूक्ोटाइड की संख्या पूछे तो सेवेंटी सॉरी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ टी एम बी केमिकल कंपोजिशन दो ही होता है हम जानते हैं कि पहले मैं पढ़ा चुका हूं पहले के क्लास में कि जो वायरस की जो कंपोजिशन होती है द कम्पोजिशन ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ केमिकल जस्ट है प्रोटीन एंड न्यूक्सीड ठीक है और इसमें भी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होगा, आप देख सकते हो इस, इसकी जो पूरी कवरिंग है टू वायरस की किस चीज़ से बनी हुई है प्रोटीन से और सेंट्रल कोर किस चीज़ से बना हुआ है न्यूक्लिक के से बना हुआ है दैट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड आर तो हम लिखते हैं एक साइड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये ब्रैकेट में सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है अब इसकी पूछता है कि बताइए परसेंटेज क्या होता है जब ज्यादातर आप क्रिप्टोग्राम लिखते हो या फिर ऐसे भी जनरल क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है तो आप जब भी प्रोटीन की परसेंटेज पूछे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अप्रोक्स अप्रोक्स ऐसे अगर पूछे एग्जैक्ट पूछे तो 94.5 परसेंट होता है ये अप्रोक्स ऐसे कर कर नाइन्टी परसेंट होता है ठीक है अगर एसिड की परसेंटेज पूछे जस्ट 100 100 से क्या करो नाइन्टी घटाओगे तो कितना बचेगा 94.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट अप्रॉक्स अगर ये 95 देता है तो इस डुप्लीकेट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 5% ठीक है तो आप देख लेना क्या क्वेश्चन ऑप्शन में डाटा है उसके हिसाब से आप डाटा को चूज करोगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट <coughs> मोजेक वायरस हो एक क्वेश्चन पूछता है इसमें टुबैको मोजेक वायरस से कि जो टुबैको होस्ट क्या होता है तो आप तो नाम ही समझ गए होंगे जो वायरस जो टुबैको प्लांट में करता है उसको टुबैको मोजेक वायरस कहते हैं और पूछता है कि टुबैको प्लांट में जो इन्फेक्शन काउस करता है कहाँ कैसे एंट्री करता है मतलब टुबैको प्लांट में जो वायरस टुबैको मोजेक वायरस है वो कैसे एंट्री करता है तो ये क्वेश्चन यदि पूछे तो आप सीधा सिंपल आंसर है उसके जो लिफ होते हैं इपीडरमिस और, और क्या बोलते हैं उसके जो अपर इपिडरमिस होते हैं और लोअर इपिडरमिस लिफ के जो पार्ट होते हैं जिससे हम लिफ का क्रोसेक्शन दिखाएँ तो ये मान लो कि ये अपर अपर ईपिडर्मिस हो गया और ये लोअर इपीडरमिस हो गया अपर ऐपिडरमिस की बात करें ऐसे ठीक है और लोअर इपिडर्मिस की बात करें तो ज़्यादातर हम अगर डाइकोट प्लांट की बात करें तो क्या होते हैं स्टोमाटा की जो संख्या होती है क्या होती है लोअर साइड में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अपर्स अपर एपीडरमिस ठीक है लोअर ऐपिडर्मिस में क्या होता है ये इपीडर्मिस है ईपीडर्मल सेल हैं ठीक है और ये जो हैं ये समझना स्टोमोटल सेल हैं इस्टोमोटल सेल ऐसे ऐसे स्टोमेटल से ऐसे तो जो इन्फेक्सन का होता है जो पूछता है कि बताइए कि कहाँ से इंट्री करता है टुबैको प्लांट में टुबैको मोजैक वायरस तो लोअर एपिडर्मिस के जो स्टोमाटा हैं इनके थ्रू ये जाकर इंट्री करता है ये टोबैको मोजैक वायरस और जाकर लीफ में क्या करता है क्या करता है जाकर इन्फेक्शन काउज़ करता है ठीक है तो ये था टोबेको मोजेक वायरस के बारे में ठीक है इसके जो डायमीटर पूछता है इसका लेंथ पूछता है और लेंथ उसके बॉडी का लेंथ कितना पूछता है तो 300 नैनोमीटर लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल का लेंथ पूछता है जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आने का तो 330 नैनोमीटर, और कैप्सोमेयर की संख्या पूछता है तो टू एंड इच कैप्सोमेयर कम्बाइन टू फॉर्म कवरिंग ऑफ द वायरस दैट इज कॉल्ड कैप्सिड ठीक है बस इतना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे बैक्टीरियोफास